अक्सर जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हम लोग सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं तो सड़क किनारे हमें अलग अलग रंग के पत्थर दिखाई देते हैं क्या आप उन रंगों का मतलब जानते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ देखिए अगर आपको पीले रंग का पत्थर दिखे तो इसका मतलब वो नेशनल हाईवे है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है इसके अलावा जब आपको ग्रीन कलर का पत्थर दिखे तो इसका मतलब वो स्टेट वो स्टेट स्टेट हाईवे है है। और गवर्नमेंट के अधीन आता है। जब काले रंग का पत्थर दिखे तो आप बड़े शहर या जिले में एंटर कर चुके हैं और जब आपको लाल रंग का पत्थर प्रधानमंत्री तो मतलब ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई है और आप किसी गांव की तरफ बढ़ रहे हैं जरूर लिया अक्सर आप लोगों ने सड़क पर चलने वाली गाड़ियों पर अलग अलग रंगों की नंबर प्लेट लगी देखी होंगी जो कि कॉमन मैन के लिए ही होती है जिसे आप कमर्शियली यूज नहीं कर सकते टैक्सी नहीं बना सकते दूसरी है पीले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जो कि कमर्शियल यूज के लिए ही बनी होती है, जैसे कि टैक्सी ट्रक राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के लिए यूज होने वाले वेहिकल्स पर लगाई जाती है चौथी है नीले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जो कि फॉरिन डिप्लोमैट के लिए यूज की जाती है और पांचवी है हरे रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जो कि स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यूज की जाती हैं गायस क्या इसके पहले तक की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानते थे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब लाइक मिलते